गाइज हमारे गेम के अंदर कोई ना कोई तो गिलीच होता ही रहता है जैसे कि कोई एनमी हमें मारने आता है तो ट्रिपल नाइन हो जाता है और वो हमें मार के चला जाता है तो बिल्कुल नेट सही होता है <laughs> और भी ऐसे बहुत सारे गिलीच हैं तो इस शॉट को लास्ट देखना मैं आपको सारे गिलीच के बारे में बताऊँगा okay. तो गाय सबसे पहली प्रॉब्लम है माइक प्रॉब्लम तो कभी कभी एक बंदे को सुनाई देती है बाकी बंदे को सुनाई नहीं देती है ये बड़ी अच्छी बात कही और कभी तो ऐसा हो जाता है कि सारे बंदों को एटोमेटो सुनाई देती है और कभी ऐसा हो जाता है कि किसी बंदे को सुनाई नहीं देती है तो ये माइक प्रॉब्लम इस अपडेट में ठीक होगी और दूसरी चीज तो सारे बंदों के साथ होती है बट दूसरी चीज बताने से पहले गाइस मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ तो गाय इस शॉर्ट को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो गायज दूसरी प्रॉब्लम है अगर हम एन से फाइट लेते हैं तो एन डाउन हो जाता है और हम भी डाउन हो जाते हैं और हमारे बंदे का पता नहीं है नहीं एन का बंदे का पता है फिर भी हम डाउन हो जाते हैं तो ये सबसे बड़ा गिच है